पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्लान ठीक ठाक चला तो कई भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे कमलनाथ ने कहा है दीपक जोशी तो अभी ट्रेलर है आगे आगे देखिए होता है क्या चुनाव जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जमकर रणनीति बना रहे हैं कमलनाथ ने दीपक जोशी के बाद और बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल आरोप कहा वो तो ट्रेलर था देखते जाइए उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की सुनामी चल रही है पंद्रह महीनों की हमारी सरकार थी जिसमें ढाई महीने गए आचार संहिता लोकसभा चुनाव में